कैसे कब जुड़ गए हम होठों पे खिली सरगम आगे रब की मर्जी आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से